वज़न बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीके से देखिए इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे कमेंट्स में सुनने को मिलता है वह है सर कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो वज़न बढ़ाए नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो लेकिन सबसे बड़ी उसके अंदर यह खूबी देनी चाहिए कि एक बार वज़न बढ़े तो ऐसा ना हो कि दवाई बंद करें तो वज़न घटना शुरू हो जाए क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेट गेन के लिए होते हैं आप उनको यूज़ करते हैं आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं वापस आपका वज़न रिड्यूस होना शुरू हो जाता है अब आपने एक महीने दो महीने तीन महीने जितने टाइम भी वो दवा ली है उसका कोई यूज़ नहीं रहा क्योंकि अब आपका वज़न वापस उतना ही हो गया है जितना शुरू में था प्लस एक और नुकसान होता है कि कभी कभी और ज़्यादा कम हो जाता है तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन चाहिए जो अच्छा रिज़ल्ट दे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दे और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो कोई मिलावट ना हो कोई साइड इफेक्ट ना हो और वज़न एक बार बढ़ जाए तो स्टे करे वो रहे वज़न ऐसा नहीं हो कि वो वज़न कम हो जाए तो उसी के लिए मैं प्रोडक्ट आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट का नाम है बिल्डअप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे बिल्डअप इसकी खास बात यह है कि ये तो एक 100% परसेंट आयुर्वेदिक है इसका पूरा कॉम्पोजिशन यहाँ पीछे मैंशन है और इस प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन भी मैं आपको बता देता हूँ एक्यूरेट कम्पोजिशन इसका क्या क्या है क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं कौन कौन सी जॉब्यूटियाँ हैं तो इसके अंदर है अश्वगंधा सोयाबीन शतावरी पौच बीट्स शिलाजीत छोटी इलायची ग्लूकोज और लॉबोसन ये इसका कॉम्पोजिशन है जो इसके पीछे भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं इसके अलावा इसमें कोई और कॉम्पोजिशन नहीं है इसके अलावा ये 100% परसेंट आयुर्वेदिक है यूज़ करने का तरीका भी इसका पीछे मैंशनड है तो क्योंकि ये पूरा आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन है और इससे कोई नुकसान नहीं है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके तो इसको यूज़ करना सबसे सेफ़ है अब इस प्रोडक्ट की बात करते हैं मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जब हमने वेट गेन करा अगर हम जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर हमारा वज़न कम है हमें लगता है कि अच्छा वेट होना चाहिए हमारा तो हम क्या करते हैं वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर सबने अपनी अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे वेट गें कर सकते हैं और जब तक आप कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं लेकिन जिस वक्त प्रोडक्ट चूज़ करने की बात आती है तो उस वक्त आपको यह ध्यान देना है कि कहीं आप ऐसा प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं करने जा रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट हों आगे चल इसका पूरा कॉम्पोजिशन ही आयुर्वेदिक है और इसक्रीन पर दिए हुए नंबर को आप कॉल कर सकते हैं अगर अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हर कॉल को अटेंड करना आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ इसका लिंक मिलेगा वहाँ आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से अगर आपको अमेज़ान से कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू है कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन से दिए हुए नंबर अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके आगे लिखिए सर वेट पाउडर चाहिए यह आपको कॉरियर से कैश ऑन डिलवरी पहुँचेगा जब मिलेगा तभी आपको पैसे देने हैं और इस पर लिखा हुआ भी है कि इसको किस तरह यूज़ करना है फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं या फिर बैटर ये रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा तो इस प्रोडक्ट को वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं अब मैं इसके बारे में कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ दो चम्मच आपको सुबह इस प्रोडक्ट को लेना है ये चॉकलेट फ्लेवर में है तो टेस्ट में बहुत अच्छा है एक गिलास गर्म दूध लें उसमें दो चम्मच ही पाउडर डालें पी लें इसी तरह से आपको शाम को लेना है एक ग्लास गर्म दूध में दो चम्मच ही पाउडर मिक्स करें और ले लें इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करें एक बॉस मेरे अंदाजा से लगभग बीस दिन के आसपास चलेगा और इतने में ही आपको रिज़ल्ट देखना शुरू हो जाएगा आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले दिन से जिम ज्वाइन करिए साथ में इसको लीजिए अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए और ज़रूर इसका रिज़ल्ट जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको पंद्रह दिन में बीस दिन में कैसा लगा मैं इसके बारे में बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मैंशन है और किन किन चीज़ों पर यह काम करेगा जैसे कि ये प्रोमोट्स वेट गेन है तो वेट गेन तो हो गई उसे। इसके अलावा बूस्ट एनर्जी तो ताकत आएगी बॉडी में इंप्रूव नर्वस सिस्टम तो नाड़ियों का पूरा सिस्टम होता है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा खून बनना शुरू होगा कैल्शियम बॉडी के अंदर शुरू होगा तो इससे वेट गेन तो होगा ही साथ में ऐसा नहीं है कि शु... शरीर फूला फूला होगा तो इससे ना तो गाल फूलेंगे ना पेट फूलेगा इससे ओवरऑल बॉडी पर आपके मसल्स गेन होने शुरू होंगे और क्योंकि बोन भी बन रहा है कैल्शियम भी बन रहा है तो आपको साथ में ताकत और शक्ति भी आपको शरीर में मिलेगी ये नॉन एडेक्टिव है यानी इसका कोई लत लग नहीं लगती बुरी आदत नहीं है कि जब तक ले रहे हो तब तक फ़ायदा है, तब बंद कर दिया तो फ़ायदा ख़त्म हो गया उल्टा तो वापस वही वेट लॉस हो गया तो चीज़ नहीं है इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करता है यानी कि आपको रोध प्रतिरोधक क्षमता को कभी भी मौसम चेंज पे ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनके साथ में प्रॉब्लम होती है तो ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉग करेगा इसके अलावा डाइजेशन अच्छा करेगा आप खाना खाएँगे वो शरीर को लगेगा ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों में क्या खाते तो हैं लेकिन वो शरीर को नहीं लग पाता वो पेट में जाता है और टॉयलेट में निकल जाता है तो आप कितना भी खा लेते हैं ताकत की चीज़ें लेते हैं बादाम खा लेते हैं काजू किशमिश लेकिन फिर भी शरीर को नहीं लगता है ताकत नहीं मिल रही है तो उसकी यही वजह है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है तो ये डाइजेशन के लिए काम करेगा जब डायजेशन अच्छा होगा तो दवा शरीर को लगेगी और ताकत शरीर को मिलेगी और ओवरऑल वेट गेन आपका अच्छे से शुरू होगा नैचुर इसके अलावा इंप्रूव बोन डेंसिटी जैसा मैंने पहले बताया था कि जैसा कि बोन की डेंसिटी होती है वो उसको अच्छा करता है तो हड्डियाँ मज़बूत होंगी कैल्शियम बनेगा और डेंसिटी अच्छी होगी बोन्स की और ओवरऑल बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट आएगा लास्ट में लिखा है हंड्रेड परसेंट आयुर्वेदिक फार्मूला तो इसका पूरा कंपोजिशन पीछे है आप चेक कर सकते हैं किसी भी लैब में जाकर आप टेस्ट करवा सकते हैं इसके सैंपल को कि इसमें आयुर्वेदिक है या इसमें कोई मिलावट है या यह आप आराम से चेक करवा सकते हैं मेरा दावा है कि इसमें एक परसेंट भी आपको कोई शक करने की गुंजाइश नहीं होगी लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप कहीं भी जाकर टेस्ट करा सकते हैं तो हंड्रेड आयुर्वेदिक है लास्ट में यहाँ लिखा होगा नो स्टेरयड्स यानी कोई स्टेरॉयड्स की मिलावट नहीं है कि बहुत तेज़ी के साथ आपको भूख लगने लगेगी ज़्यादा खाने लगे या फिर बाद में वज़न कम हो गया तो वो इसमें स्टोरेट्स नहीं है। 200 ग्राम इसका वज़न है जो भी ऑनेस्ट जो ईमानदार आपका ओपिनियन है इसे यूज़ करने पर प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उनको उनको इस बारे में बताएँ ताकि के वो भी किसी भी मिलावटी प्रोडक्ट से किसी अंग्रेज़ी दवाई से बचें और 100% परसेंट आयुर्वेदिक तरीके से अपना वेट गेन करें अपना वज़न बढ़ाएँ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके आपके लिए तो फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं करा तो प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में पता चलें उम्मीद करता हूँ कि तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले थैंक यू फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में